ओम नमस् दुर्गा सनातन वैदिक शास्त्रों में सर्वमान्य शास्त्र है यह पुरातन इतिहास के साथ साथ अनेकानक मनमंत्रों में घटित उन वृत्तांतों का भी वर्णन करता है जो उस परम तत्व को प्रदान करने में सक्षम है जो मनुष्य को इस ब्रह्मांड के ज्ञान को प्रदान करने का कारण बनता है तथा कर्म भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकि वाला यह शास्त्र यह उन का का उन ब्रह्मर्षियों करता है जो अनेक राजनेक युगों में मन्वंतरों में हो चुके हैं तथा वे मनमंत्र जो काल के क्रम से काल के चक्र से अब अतीतादि में जा चुके तथा जो अतीत बन चुके जो भूत हो चुके हैं तथा उन मनमंत्रों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है यह ज्ञान युगों से राजर्षियों से महर्षियों से परंपरा परंपरावत वर्तमान तक आया है तथा यह इसी प्रकार भविष्य में भी परंपरा से जाता रहेगा तथा यह मनुष्यों के मनोविज्ञान का भी वर्णन करता है जिस मनोविज्ञान को जानने के पश्चात मनुष्य की संपूर्ण कामनाए भी समाप्त हो जाती है तथा यह स्वयं ब्रह्मांड शास्त्र भी है जो इस ब्रह्मांड की द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान तथा कालांतर में युगो युगों में अनेक राजर्षियों के द्वारा अनेक महर्षियों के द्वारा अनेक ब्रह्मषियों के द्वारा अनेक नरसृष्टों को शिष्यों को यह बदलाया गया है यह शास्त्र उस परम मोक्ष को प्रदान करने में सक्षम है क्यूँकि ज्ञान ही मोक्ष है जो इस ब्रह्मांड के ज्ञान को बतलाता है मनुष्यों के मन के प्रश्नों को मनुष्यों के व्यवहार को जो दर्शाता है तथा जो इस ब्रह्मांड के इतिहास के साथ साथ तो इस पृथ्वी के इतिहास का विवरण करता है हम उसका श्रवण करेंगे ओम श्री दुर्गा ये नम श्री दुर्गा सप्त मेधा ऋषि का का राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए का, प्रसंग सुनाना विनियोगः ब्रह्मी महाकालिदेवता गायत्री छंद नंदा रक्तिका बीजम अग्निस्तत्व ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकालि प्रित्यार्थे प्रथम योगा। ओम करे नीलास्मतीदा से महाकालिस्तौ सरौजो हमु भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव का करने के लिए कमल ब्रह्मा जी ने जिनका किया था उन महाकाली देवी का में सेवन करता वे अपने दस हाथों खड्ग चक्र गदा गाण धनुष परिक सूल भुसुंडी मस्तक और संघ धारण करती हैं उनके तीन नेत्र हैं वे समस्त अंगों में दिव्य उनके शरीर की कांति नील नीलमढ़ी के समान है तथा वे दस मुख और पैरों से युक्त हैं। ओम चंडिकाये। ओम एम नमस्कार सूर्यतन योग कथमा निशा मै तदुत्पत्तिरा गो मम महाभागह महा कहते हैं सूर्य के पुत्र सावरणी जो आठवे मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता सुनो सूर्य कुमार भगवान महाभाग सावरणी भगवती माया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनमंत्र के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता पूर्व काल की बात है में सुरथ नाम के राजा थे स्वरोचिषंतरे गुरुव चैत्रवंश समुद्भव सुरथो नाम राजा को समस्तमंडल चैत्रवंश में उत्पन्न हुए उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे तो भी उस समय कोला नाम के उनके सत्र हो गए। राजा दंडनीति बड़ी प्रबल थी। उनका सत्रों के साथ संग्राम हुआ। क्षत्रियंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए तब वे युद्धभूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे संपूर्ण पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु भी उन प्रबल ने उस समय महाभाग राजा राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल हो चला गया, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में राजकीय सेना और धन भंडार को हथिया लिया महाराज सुरथ का प्रभुत् नष्ट होता गया और प्रभु तो नष्ट परम शांत भाव से रहते थे मुनि के बहुत से शिष्य उनवन की शोभा बढ़ा रहे थे वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन रहित है ज्ञात नहीं मेरे दुराचार्य उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं जो सदा मध की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने कितने भोगों को भोगता होगा जो लोग मेरी कृपा धन और दिन से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण उन लोगों के द्वारा सदा व्यय होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से एकत्रित किया हुआ मेरा वह धन खाली हो जाएगा ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे प्रश्न किया भ्रात आप कौन हो यहां आपके आने का क्या कारण है आप क्यों शोकग्रस्त और मन से रुष्ट हैं? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा वचन सुनकर वैश्य ने विताभाव से उन्हें प्रणाम करके कहा समाधिर हम, नाम धनिराम समाधि साधु राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ मेरा नाम समाधि है मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र स्त्री और सजन कुशल हैं या नहीं इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है वे मेरे पुत्र कैसे हैं क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं राजोवाच ये निरस्तो भुवान्द्र पुत्रदारादिर्धन जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण आपको घर से निकाल दिया उनके प्रति आपके चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है वस्ो उच एवं एक तथा भवन अस्मदतम वचह किम करो बधना मम निष्ठुरता मन कहते हैं आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब उचित है किंतु क्या करूं मेरा मन नहीं धारण करता जिन्होंने धन के के लोभ से पिता के प्रति पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलानजलि दे मुझे घर से निकाल दिया उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में पदार स्नेह है महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम हो रहा है यह क्या है इस विषय का ज्ञान होते हुए भी मैं उसे नहीं कर पाता उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठूर नहीं हो पाता इसके लिए क्या करूंगा तं मुनिम् तो, कहते हैं ब्रह्म तदंतरराजाओं में सृष्ट सुरत और वह समाधि नाम वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय व्यवहार करते हुए बैठे तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया भगवंता विना तम गाज्य राज्यं अखिलेश राजा ने प्रश्न किया भगवन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं उसे बताइए मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह विषय मेरे मन को बहुत दुख देती है जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है यह ज्ञान होते हुए भी कि वह मेरा नहीं है अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है यह क्या है यह यह वैसे भी घर से अपमानित होकर आए है इनके पुत्र स्त्री और भित्तो में इन्हें त्याग दिया है स्वजनों ने भी इनका परित्याग कर दिया है तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखते हैं। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है महाभाग हम दोनों बुद्धिमान है तो भी में जो मोह उत्पन्न हुआ है यह क्या है विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इनमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है